हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना घंटे वाला बेल बेलाइकन ऑल पर सेट कर देना ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आए गाइस आज हमने स्टार्ट किया है क्या क्या है गाइस हमने पर मैप स्टार्ट किया है जो कि दस नवंबर को लॉन्च हुआ है दस नवम्बर दो इंग्लिश में बोलते हैं छ नवम्बर 2021 थाउजेंड इन लॉन्च फाइव इन इंडिया तो गाइस वीडियो को लाइक like कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस कर दो इतना तो कर सकते हो आप ना पैसे लगते हैं कुछ भी नहीं लगता गाइस पैसे वैसे कुछ नहीं लगते इसलिए फोगट का है इसलिए आप कर सकते हो सब्सक्राइब लाइक और सब्सक्राइब ये फोगट का है गईज इनके कभी भी पैसे नहीं लगे इसलिए YouTube पर सब्सक्राइब का इतना बड़ा ऑप्शन देता है तो आपको करने में क्या लगता है गैस इसलिए सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दो गाइज वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो गाइज गैस इतना तो कर ही सकते हो आप प्लीज़ अपने छोटे भाई के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है गाइज़ एक सब्सक्राइब कर दो गाइज गैज मैं आपको हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें गैज़ कोई भी छोटा क्रिएटर होता है उनको सपोर्ट करो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय